हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पे तो बहुत टाइम से ये एन के बारे में आप सुन रहे होंगे कि छः महीने से चल रहा है एन क्या है एन में चलो एन एफ बाय करो एन एफ सेल करो सब कुछ बहुत जगह से एन एफ चल रहा है तो एग्जैक्टली एन एफ है क्या आज इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है थीके? तो इस इस वीडियो के बाद आपके सारे एन के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे देखो क्रिप्टो स्पेस अभी थोड़ा मैच्योर होते जा रहे हैं दिन ब दिन तो so, इसमें नए नए सेक्टर अभी बनते जा रहे हैं जैसे एन एक सेक्टर है गेमिंग सेक्टर है मेटावर्स है डिसनेंस एक सेक्टर है उसमें कुछ बहुत सारे कॉइन्स हैं तो ऐसे अलग अलग सेक्टर अभी क्रिप्टो करेंसी में हमें देखने मिल रहे हैं तो एन ये वन ऑफ द सेक्टर है जो अभी क्रिप्टो में इमरजिंग है और बहुत डिमांड में है ओके तो एन क्या है ये समझने के लिए हमें इन तीन शब्दों का अर्थ पहले समझना होगा जो नॉन फंजिबल टोकन बोला जाता है एन ये पहले हम देख लेंगे एग्जैक्टली exactly क्या है देखो सबसे पहले तो हम समझेंगे फंजिबिलिटी का अर्थ क्या होता है फंजिबिलिटी का अर्थ होता है ऐसी कोई चीज़ जो दुर्लभ नहीं है ओके okay? जो बहुत ही कॉमन है जैसे एग्जांपल के लिए पाँच सौ का नोट समझ लीजिए पाँच सौ का नोट आपके पास भी है मेरे पास भी है इंडिया में सबके पास पाँच का नोट आपको दिखेगा तो ये आइटम फंजिबल हो गया ओके okay? फंजिबल कैसे हो गया फंजीबल मतलब ये कॉमन है आपके पास जो नोट है मेरे पास जो नोट है उसका वैल्यू कांस्टेंट है पाँच सौ ही वैल्यू रहेगा उसका तो ऐसी जो चीज़ें हैं जिसकी वैल्यू आपको आप हम अगर एक्सचेंज करेंगे पाँच के नोट मैं आपको दूंगा आप मुझे देंगे फिर भी उसकी वैल्यू पाँच सौ ही रहेंगी उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो ऐसे जो आइटम्स हैं जो कॉमन होते हैं जो दुर्लभ नहीं होते उनको बोलते हैं फंजीबल अभी इस दुनिया में कुछ चीज़ें जो है वो दुर्लभ है यूनिक है एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कोई एम एफ हुसैन का पेंटिंग है या मोनालिसा का पेंटिंग है या कोई कॉमिक बुक है या कोई कॉइन है जो यूनिक है तो ये जो यूनिक चीज़ें हैं ये पेंटिंग वगैरह है मोनालिसा की ये जो यूनिक चीज़ें हैं ये दुनिया में एक ही है ओके तो ऐसे आइटम तो को बोलते हैं नॉन फनजिबल दुनिया में दूसरी मोनालिसा के पेंटिंग नहीं बन सकती वो डुप्लीकेट हो सकती है लेकिन यूनिक जो औरिजिनल पेंटिंग है वो एक ही होगी और चीज़ों की वैल्यू टाइम टू टाइम बढ़ते जाती है अभी ये सारी दुर्लभ चीज़ें हजारों सालों से लोग कलेक्शन करते आ रहे हैं उनको बेचते भी है और इनमें से कुछ चीज़ों की कीमत तो करोड़ों में है अरबों में है तो ये जो दुर्लभ चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू ट्रांसफ़र होने के बाद बढ़ती है उसको बोलते हैं नॉन फंजिबल ओके तो अब आपको फंजिबल और नॉन फनजीबल का डिफरेंस पता चल गया ठीक है नॉन फनजीबल चीज़ों की और एक विशेषता होती है एक तो ये नॉन रिप्लेबल होती है मतलब ये यूनिक होती है इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते किसी दूसरी चीज से दूसरी विशेषता इनकी ये होती है कि वो आइडेंटिटी इनकी यूनिक होती है ओके इसके पीछे कुछ इतिहास हो सकता है कुछ हिस्ट्री हो सकती है और तीसरी विशेषता इसकी होती है रिकॉर्ड मतलब इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है जो यूनिक होता है और उसको पता होता है जो खरीदने वाला है उसको उसका रिकॉर्ड पता होता है बिकॉज ये जो रिकॉर्ड है ये यूनिक चीज़ों का रिकॉर्ड गवर्नमेंट मेंटेन करती है या फिर कोई संस्था होती है वो उसको मेंटेन करते हुए आगे जाती है ऑप्शन वगैरह होते हैं तब पता होता है बायर को कि वो एग्जैक्टली exactly कब बनी थी कब किसके पास थी वो तो वो रिकॉर्ड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिकॉर्ड तो ये तीन चीजें जो है वो किसी भी चीज को यूनिक या नॉन फंजिबल बनाती है और इन तीन चीजों की मदद से हम असली और नकली का फर्क पता कर सकते हैं तो चलिए नॉन फंजिबल पार्ट अभी आपको क्लियर हो चुका है ओके okay? देखो अभी तक हमने डिस्कस किया वो पुरानी चीज़ों का एग्जाम्पल लेकर किया जो यूनिक चीज़ें थी वस्तुएं थी उनके बारे में हमने डिस्कस करके ये कंसेप्ट को समझा अब हम डिजिटल युग में जीते हैं ओके और हमारे आसपास अभी हर रोज़ करोड़ों टाइप की डिजिटल चीज़ें बनती है राइट इमेजेस है वीडियोस है जो भी सॉन्ग्स है वीडियो जो कुछ भी रहेगा डिजिटल एनिमेशनस है वो सब कुछ डिजिटल चीज़ें हैं तो अभी आप इसको ऐसे समझो कि 50 साल 50 साठ साल हो गए कि ये डिजिटल चीज़ें बन रही है लेकिन आज तक फिर ये डिजिटल चीज़ों की एन क्यों नहीं बनी तो इसका सिंपल और सरल उत्तर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो अभी हम बढ़ेंगे हमारे तीसरे शब्द की ओर जो है टोकन देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से हम जो नॉन फंजिबिलिटी की क्राइटेरिया है जो उसकी विशेषता है वो हम वो उसका डेटा हम मेनटेन कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कुछ छेड़छाड़ नहीं हो सकती डेटा में उसमें कुछ हम बदल नहीं सकते जो एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया मेरा वेबिनार भी है पूरा क्रिप्टोक्रसी और ब्लॉकचेन को लेकर वो आप देख सकते हो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो उसमें आप डिटेल में ब्लॉक समझ सकते हो तो अभी के लिए शॉर्ट में ऐसे याद रखिए कि ब्लॉक टेक्नोलॉजी की वजह से एन जो है वो अभी हम डिजिटल चीज़ों को भी NFT बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इसमें कोई छेड़छाड़ भी नहीं करेगा फ्यूचर में और ये एकदम सरल ट्रांसपेरेंट और सही टेक्निक है जो NFT को सूट करती है डिजिटल चीज़ों को NFT बनाने के लिए तो ब्लॉकचेन का यूज़ करके हम किसी भी डिजिटल चीज़ का नॉन फंजिबल टोकन बना सकते हैं देखो हम इसमें टोकन शब्द यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ का हम इसमें टोकन बनाते हैं जो एन कहलाती है और इस प्रकार वो डिजिटल चीज की एन बनाई जाती है वो टोकन बनाया जाता है ब्लॉकचेन में अभी आजकल तो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर सब कुछ चल रहा है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारी अलग अलग मार्केट प्लेसेस है जहाँ पे आप एन बना भी सकते हो बाई भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो तो एन बनाने के लिए कुछ मार्केट है जैसे ओपन है रेरेबल है ऐसी कुछ वेबसाइट है जहाँ पे आप इथेरियम के ऊपर एन बना सकते हो डिजिटल चीज़ों की तो जब आप एन बनाते हो तब आप उसमें पूरे आपकी जो डिजिटल चीज़ है उसके डिटेल्स आप देते हो कि वो बनाई कब गई उसके सारे डिटेल जो मेटा डेटा जिसको बोलते हैं वो सारा डाटा आप उसमें फीड करते हो और फिर जब आपकी एन जो टोकन है वो बन जाता है उस डिजिटल चीज़ का वो आप फिर मार्केट प्लेस के ऊपर ऑप्शन भी कर सकते हो या फिर सेल के लिए रख सकते हो तो ओपन सी और रेरियबल आप एक बार देख लेना उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ डिजिटल एसेट्स है जो, है जो आप बाई सेल कर सकते हो तो अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि किन किन चीज़ों की एनएफटी बनती है या बन रही है अभी तो अभी टाइप्स ऑफ एन हम देखते हैं एनएफ को लेकर अभी सबसे बोमिंग सेक्टर है गेमिंग एक्सेस याटी एकस, करके जो गेम है उसमें बहुत सारी एन लोगों ने बाई की है मतलब ये प्ले टू अर्न गेम है जिसमें आप गेम खेल भी सकते हो और उसमें एन आप बाय कर सकते हो उन्होंने गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो एन एफ ऑफर करता है तो बहुत सारी यूनिक कैरेक्टर्स है यूनिक चीज़ें है गेम में जो आप एन के स्वरूप में बाय कर सकते हो ओन कर सकते हो तो अभी के लिए एक्सी इन्फिनिटी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गेमिंग एन में ऐसे बहुत सारे गेम्स अभी बन रहे हैं अभी करंटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो जैसे जैसे गेम्स बनेंगे उसमें लोग यूनिक कैरेक्टर्स गन्स जो भी सामान होगा या आइटम्स होंगे वो भी यूनिक आइटम्स एज अ एन लोग गेमिंग से बाय करेंगे तो अभी ये बहुत बूमिंग सेक्टर है गेमिंग एनएफटी। उसके बाद एक टाइप है वर्चुअल लैंड आजकल ये अभी बहुत सुना होगा आपने डिजिटल लैंड परचेस कर रहे लोग क्यों कर रहे हैं बिकॉज डिजिटल लैंड जो है इसमें भी वर्चुअल लैंड का एन भी बनता है तो कुछ वेबसाइट्स है जैसे डिजेंट्रा लैंड है सैंडबॉक्स है जहाँ पर ऑलरेडी लोग परचेस कर रहे हैं डिजिटली वर्चुअल लैंड परचेस कर रहे हैं वर्चुअल लैंड का एन जो टोकन है वो आप बाय कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो और फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़े तो आप सेल भी कर सकते हो तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है वर्चुअल लैंड आप एन uh, के स्वरूप में बाय करते हो बाद में फिर मेटावर्स एक सेक्टर है मेटावर्स में अभी चल रहा है कि लोग मेटावर्स uh, में जो भी डिजिटल आइटम्स रहेंगे अभी Facebook भी मेटावर्स को लेकर बुलिश है तो जो कुछ भी मेटावर्स में डिजिटल आपको आइटम्स दिखेंगे वो आप एक्चुअल बाय कर सकोगे उनके एन आप बाई कर सकोगे यूनिक तो ये भी अभी मेटावर्स एन अभी एक ये भी बोमिंग सेक्टर है फिर म्यूज़िक एक सेक्टर है जहाँ पे डिजिटल कंटेंट जो है सॉन्ग्स वीडियोस उसके भी एन बनेंगे जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो उसके एन क्रिएट करके इन द फॉर्म ऑफ कॉपीराइट्स भी उसको एज ए एन बेच सकते हैं लोगों को और बहुत सारे डिजिटल जैसे मैंने आपको पता है कि, कि किसी भी डिजिटल चीज़ को एन बनाया जा सकता है जैसे रिसेंटली वो जैक डॉर्सी जो है ट्विटर का फाउंडर है उसने उसकी जो पहली ट्वीट थी उसकी जो एनएफटी है वो 21 करोड़ में उसने बेची सो so इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसी भी चीज़ का डिजिटल चीज़ का एनएफटी क्रिएट हो सकता है ब्लॉकचेन के ऊपर इथेरियम के ऊपर फिलहाल जो चल रहा है और उसको एक्चुअल डिमांड क्रिएट की जा सकती है अभी फिजिकल थिंग्स की भी एन बन सकती है रिस, रिस, रिसेंटली अभी मिड टंगस्टन सर्विस जो एक कंपनी है उन्होंने 800 हंड्रेड का एक टंगस्टन क्यूब बनाया टंगस्टन जो धातु है उसका क्यूब बनाया और वो क्यूब की उन्होंने डिजिटल एनएफ क्रिएट की जो मार्केटप्लेस पे ऑलरेडी सेल के लिए थी और इस क्यूब की डिजिटल एन की प्राइस थी 2 लाख डॉलर्स ऑलमोस्ट आप सोच सकते हो कि 2 लाख डॉलर्स के लिए आप फिजिकल चीज की डिजिटल एन भी बाय कर सकते हो मतलब कहाँ पे जा रहा ये सेक्टर और फ्यूचर में ऐसी किसी भी चीज की एन बन सकती है और आप उसको खरीद भी सकते हो और कुछ प्रकार के एन होती है जिसमें लोग मेंबरशिप्स के लिए इसका यूज़ होने लगा है जैसे आपने सुना होगा बोर्ड ए पिया क्लब करके एक सोशल ग्रुप है ऑनलाइन सोशल ग्रुप है जिसकी मेंबरशिप की कॉस्ट ऑलमोस्ट दो से तीन लाख डॉलर तक है और लोग इसको इसकी एन आपको बाई करनी पड़ती है इसकी एन आप अगर बाई करोगे दो से तीन लाख डॉलर की तो आप उसके मेम्बर बन सकते हो सो तो इस प्रकार एन एफ के लिए भी अभी ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि ये सेक्टर तो बहुत नया है इसलिए इसमें बहुत सारी अभी फ्यूचर बहुत इसमें ब्राइट है लेकिन बहुत मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है इसमें इवोल्यूशन होगा बहुत कुछ चीज़ें बदलेगी तो ये धीरे धीरे होता है अभी तो ये बस स्टार्ट है इस सेक्टर का देखो अभी बहुत बार क्या होता है कि सेक्टर की मार्केटिंग के लिए ऐसा होता कि जो एन टोकन बना रहा है समझ लीजिए मैं एन टोकन बना रहा हूँ और मेरे मल्टीपल वॉलेट्स है तो मैं क्या करूँगा प्राइस बढ़ाने के लिए एक ही वॉलेट मेरे ही वॉलेट से इसको मैं हाइयर प्राइस पे बाई करूँगा फिर दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करूँगा ओनरशिप दिखाकर और उसकी प्राइस आगे मैं बढ़ा कर लगाऊंगा सो so, इसकी वजह से क्या होता है कि हाई पेक क्रिएट हो जाएगा मेरे एनएफटी के लिए और इसकी वजह से मेरे एनएफटी बहुत हाइयर प्राइस पे बिकी जा सकती है जो एक्चुअल प्राइस है वो तो डिज़र्व नहीं करती लेकिन आप कोई ख़रीदने वाला है वो शायद ज़्यादा प्राइस उसको दे बैठे तो ये एक प्रॉब्लम है कि प्राइस मैनिपुलेशन पॉसिबल है इस केस में एन में अभी के एन में एक प्रकार से देखा जाए तो ओवर हाइप सेक्टर है एनएफटी बहुत ज़्यादा इसमें मार्केटिंग हाइप्स चल रही है और फोमो बहुत क्रिएट हो रहा है इस सेक्टर को लेकर तो वैसे देखा जाए तो कोई भी सेक्टर जो नया होता है तो फोमो क्रिएट होता है लेकिन एक एक सर्टन टाइम के बाद उसमें थोड़ा सेटलमेंट हो जाता है थोड़ा काम डाउन हो जाता है एक सेक्टर तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए इस सेक्टर में क्या होता है कैसे होता है तो फॉमो में जाकर कुछ चीज़ें मत कीजिए इतना ही मैं आपको बोलूँगा तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो धीरे धीरे करके सोल्व होगी तो अभी उस पर काम चलेगा बहुत कंपनीज आएंगी वो धीरे धीरे होता ही रहेगा ठीक है तो ब्राइटर साइड देखेंगे तो अभी एन का फ्यूचर अच्छा है अभी बहुत सारी गेमिंग कंपनीज़ एनएफटी में ऑलरेडी है और डिमांड भी है और बहुत सारी और बहुत ज़्यादा लोग इसमें एक्चुअली इंटरेस्ट ले रहे हैं गेमिंग एन में उसमें बहुत खेल खेलते वक्त आपको पैसे भी मिलते हैं उसमें एन भी आप बाय कर सकते हो आप होल्ड भी कर सकते हो हायर प्राइस पे कैरेक्टर्स वगैरह आइटम्स वगैरह आप बेच भी सकते हो तो ये भी बूमिंग सेक्टर है गेमिंग में और कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स है जैसे मैकडोनल्ड्स है कोको कोला है बूची है रेबेन एमजी मोटर्स जैसी ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स भी अभी एनएफटी में इंटरेस्ट लेकर आगे आ रहे हैं तो उसकी वजह से इस सेक्टर को अच्छा बूस्ट मिल सकता है फ्यूचर में तो अभी के लिए तो बहुत नया है ये सेक्टर लेकिन लेकिन बहुत ज़्यादा एन को ब्रांड्स और इंटरनेशनल कंपनीज इसको बहुत पॉजिटिवली ले रही है तो so, देखते हैं ये कहाँ पे जाता है तो आप भी थोड़ा इंटरेस्ट लेकर एन में एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको भी इसमें मिल जाएगी कुछ आपके सवाल होंगे तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए मैं उनको आंसर करूँगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय